थेगा गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एडवांस सर्वर के बारे में जो हमारी गेम में न्यू चेंजेस आए हैं वही एडवांस सर्वर में दिखाए गए हैं एडवांस सर्वर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी पर आपको उसके लिए कुछ एक्टिवेशन कोड चाहिए होगा जो कि फ्री फायर सहाय आपको दे ये मैंने इंस्टाग्राम से लिए हैं कुछ फोटोज़ और वीडियो हैं जैसे कि आपको पता होगा इंस्टाग्राम पर पहले ही अपडेट्स एंड लीक मिल जाते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट करे तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कुछ अपडेट्स एंड लीक्स हैं जो हमें मिले हैं जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर एक ये न्यू रूम कार्ड आ चुका है और ये पता नहीं रैंक या क्लासिक में देंगे या किस में यहाँ पे आप लोकेशन सेट करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ये मिस्ट्री बॉक्स ये मिलता है यहाँ पे आपको कुछ बॉक्स मिलेगा जैसे कि बैग में हम दिखा देते हैं आपको ये पता नहीं यार क्या अभी तक तो चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। क्या होता है इसमें यार कुछ नहीं है पहले से तोड़ दो इसको लगता है भाई बंदा भी आ गया है यहाँ पे चलो उसको मारते हैं पहले पट से और हमारे यहाँ पे कुछ कस्टम मूड चेंजेस अपलोड डाउनलोड के लिए ये हमारा कस्टम मूड और ये हमारी सेंसिटिविटी के लिए सेंसिटिविटी क्या है ये जो भी कंट्रोल्स के लिए ये दिए गए चेंज कर दिया बिल्कुल इनमें देख सकते हैं आप और ये हमारा कस्टम मूड जिसमें हम दो ग्ल्यूल लगा सकते हैं ये ग्रनेड का अलग कर दिया गाइज और ग्ल्यूओल का अलग मैसेज का भी वही है पहले वाला जो भी है चलो ऑटो पिकअप मतलब पूरी चेंज कर दी है यहाँ से सेटिंग ग्राफिक्स हाँ ग्राफिक्स भी, भी पहले वाले हैं इतना कुछ खास चेंजेस नहीं है बटन के आइकन्स में चेंज कर दिया है ओके और देखते क्या चेंजेस आए हैं इनमें आगे साउंड है गाइस म्यूजिक्स अंड्रड तक कर सकते और ये ये नोटिफिकेशन गाइज्रेंजर इन्वाइट ये पहले भी ऐसे ही थे और अब भी ऐसे ये ट्रेनिंग ग्राउंड में कुछ न्यू कार आई है और ये रेमपेज इवेंट आने वाला है न्यू जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे ये न्यू कार आ चुकी है और ये गाइस जर्सी के कुछ लीक्स मिले हैं ये जर्सी भी आने वाली है ये इमोट्स है गाइस न्यू इमोट्स जो आने वाले हमारे ये आपको देख ही लिया है कि कैसे सेटिंग में पूरा चेंज कर दिया गया है गाइज़ आपको अच्छी तरह से खेलना तो पूरा पे करके खेलना है ये गाइज हमारा न्यू न्यू पेट आ चुका है और ये न्यू यूजी गन। ये हमारी यूजी जो मैंने पेट बताया था ये पेट ये वाला है इसका नाम शायद से नोवो पेट है या फिर पता नहीं ये यहाँ पे लिखा है पार्ट ओपियोन ये पता नहीं क्या है गाइज जैसे भी दिखने में अच्छा दिखाई दे रहा बाक और ये इसकी एबिलिटी है यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं कोई और भी लगा सकते हैं जैसे कि आपको पता ही है पहले की तरह गाइस हमारे पास 2400 डायमंड है इसमें किसी को गी भी नहीं कर सकते इसलिए हम इससे कुछ खरीद लेंगे और ये गाइस डबल वेक्टर की जगह यहाँ पे डबल रिवॉल्वर का ऑप्शन You three go <laughs>